अपना सेनेटाइजर हो तो कुछ और दूसरे का सेनेटाइजर हो तो पुच पुछ पुछ पुच कुछ अब शर्म कर लो थोड़ी तो